मध्यप्रदेश की नवीन आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार इस आबकारी नीति को वापस ले और मध्य प्रदेश को शराब प्रदेश न बनाए प्रदेश के युवाओं को शराब नहीं रोजगार चाहिए नई आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे प्रदेश को शराब प्रदेश बनाने का आरोप लगाया है प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा भाजपा सरकार नई आबकारी नीति से घरों को होमवार में तब्दील कर देगी और इस नीति का सबसे बड़ा दंश प्रदेश की महिलाओं को झेलना पड़ेगा बहन बेटियों का घरों में रहना दूभर हो जाएगा भाजपा की ऐसी नीतियों से प्रदेश में भुखमरी बेरोजगारी गरीबी महिला अत्याचार और बच्चों के खिलाफ अपराध और संपूर्ण समाज में तनाव की स्थिति में बढ़ोतरी होगी उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नई आबकारी नीति नहीं बदली गई तो आप पार्टी पार्टी पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता जो कहती थी कि हम हम नशे के खिलाफ हैं, हैं, लोगों को अच्छी अच्छी संस्कृति और सरकार देंगे, वो आज शराब देने की ओर बढ़ रहे हैं। अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश की जनता को नशे के अंधकार की ओर ढकेल रहे हैं इससे प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ेगा महिलाओं पर अत्याचार बढ़ेगा और जो युवा देश के निर्माण में लग सकते हैं राष्ट्र के निर्माण में लग सकते हैं रचनात्मक काम कर सकते हैं वो युवा नशे की ओर जाएंगे, वो अपराध की ओर जाएंगे, जिससे प्रदेश और देश का विकास बाधित होगा मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि आप इस सबकारी नीति को जल्द से जल्द वापस लें और प्रदेश को नशा नहीं रोजगार चाहिए यहाँ अपराध नहीं खुशहाली चाहिए